कि ये वाइब्रेशन करने करने लगता था जब लोड पड़ता था तो चल नहीं रहा था तो हमने ये नवा वाला गियर बक्स लगाया ये है ये नवा वाला गियर बॉक्स है हम आपको चला के दिखाएंगे इसको से ये पहले वाला गियर बॉक्स था निकाल ये फिट हो गया तो इसमें पड़ी है तो आपको के दिखाएंगे तो इसमें यह प्लास्टिक का तो